बच्चों के विकास के लिए नेत्र हाथ सामन्य एक महत्वपूर्ण कौशल है इस कौशल के विकास के लिए आप इस धागा लपेटने की गतिविधि का उपयोग कर सकते हैं आपको केवल एक छड़ी और लंबा धागा चाहिए आप बच्चे को छड़ी पर धागा लपेटने का तरीका दिखा सकते हैं और फिर उन्हें इसे आजमाने के लिए कह सकते हैं हो सकता है बच्चा धागे को छड़ी से बहुत दूर रख के लपेटने की कोशिश करे आप समझा सकते हैं कि यह बहुत आसान है अगर वे धागे को छड़ी के करीब रखकर लपेटें। यह गतिविधि एक व्यसक को सरल लग सकती है लेकिन एक छोटे बच्चे के लिए ये करना जटिल है इसलिए अभ्यास करके मदद मिलती है जैसे जैसे बच्चा इस कोशिश में सफल होता है उसके हाथ और उंगली का सम्वन भी सुधरता है जो उसे लिखने और कैंची चलाने के लिए तैयार करता है